तो कैसे हो आप लोग एक बार फिर से स्वागत आप है आपका भैया जी यूट्यूब चैनल में तो बात हम आ चुके हैं यहाँ पर रैंक मैच में वो भी सीएस के सीएस तो का नहीं है बेटे सीएस का नहीं है ये आज रैंक का है तो बाद हम आ चुके हैं यहाँ पर स्कोर बढ़ जाए स्कोर में रैंक मैच में तो बात देखते हैं कि का क्या ही कहल कमचने वाला है काश आज हम आ चुके हैं के की तगड़ी हुई आवाज़ के साथ एंट्री लेकर तो देखते हैं जंग के मैदान में कितने झंडे आज हमारी साइड से कर पाते हैं और ये रहा पहला झंडा जिसपे हम प्रदेश पे राज करने वाले के भूकंप मैंने क्या होगा हम भी भूकंप गाय ये भूकंप का टंडा ही ख़त्म कर दे रहे हैं आज के बाद ये भूकंप का टंडा मतलब ये लास्ट भी है वाली गाय मैं तो सोच रहा हूँ कि पता नहीं लास्ट ही है वैसे तो अब यूज़ नहीं करूँगा वैसे मैं ये बात नहीं इसके साथ ये देखो यही तो लगता है इसकी आदत है बहुत गंदी चीज है वो जीने नहीं देती मरने नहीं देती भाई यहाँ पर एक काम पते मैडी मान लेते और भाई सामने के साथ देख वो देखो वो देखो भाई निकला निकला निकला थोड़ा सा मतलब इसको बड़ा होता ना भाई मरे है यार भाई वहीं में मर गया बच गया भाई देख रहे हो उसने गल ले लिया अपना मैं खेल नहीं लिया तेरा ही खेल था तेरे दोस्त ने अच्छे दोस्त था इसको किसने मारा उसी ने मारा था अच्छा तेरा बदला ले लिया मेरे बेड नंबर लिया तो बस अब तक मैं अंदर जा रहा था यार मैं कैसा गले चल रहा है ये तो चलो कोई बात नहीं हम इसको पहले लूट लेते हैं यहाँ पर का ज़्यादा नहीं छोड़ा है लोगों ने फिर भी ठीक है एक ही मेरा हम यहाँ पर तो बाइस अब चलते हैं नीचे की साइड नीचे की इसके पास मैडी नहीं है कर तेरे पास बेटे है और ये, इसमें। ये जा रहा रहा है वो ओपी भाई और, और कोई बंदा है क्या तो इस क्लास में एंट्री तो बाइस काफ़ी ज़बरदस्त हो गई मतलब एंट्री करके ने के बाद हमने न्याय कमेंट बोला और जब इतना मज़ा आता है नाइज में बता नहीं सकता आप तो पर हमारे कन्फर्म हो चुके हैं तीन के साथ चलते हैं थोड़ा आगे की साइड तो का हम आ चुके थोड़े आगे की साइड और बंदे को हमारे नोक कर दिया वो भी किसने आई डोंट नो पर मुझे पता नहीं किसने नोक कर दिया वैसे उसके पास मैडी ने बच्चे के पास नैडी ने कहा सामने की साइड देखा अपने पेड़ के पास एक तो बंदा था किधर गया अबे आगे मत बेटे कापी राइट अच्छी आवाज मिली है कि कॉपी राइट आ जाए कोई बात नहीं कहा अब चलते है तो हैं कहा अपना टाइम टारगेट है ग्लू खरीदने के पास ग्लू खरीद के आते हैं मर जाएंगे अभी तो हम जैसे जाते तो हैं ग्लू खरीदेंगे तो हमारा एक इंप्रेशन है हम इनको चाहिए बस पीछे किसी ने बंदे को मारा है तलवार निकालो चाव निकालो कौन ने मेरे बम्प है तो किसने मैट किसने रहने दिया तेरे को ऊपर उपा है ऊपर आ भी आता हूँ भाई ऊपर नहीं रहते वो थोड़ा सा दिखाता मुझे ये रहा हाय हाय हाय किस तरीके से मरा है मैं पता नहीं सकता आप लोगों को थोड़ा गला सुधार लो बिक्स तो की गोली लो और खराश दूर करो इसको मैं स्पॉन्सर करता हूँ बिक्स की गोली भाई अगर आपका गला थोड़ा बैठ जाता है तो आप बिक्स की गोली खा सकते इतने जल्दी फास्ट भाग सकते हैं कि ये क्या चल रहा है बाबा ये तो एकदम से आ गया गाइड ये कौन सा हैकर वाला था, था, था भाई हम ये बाइक पर अच्छा तो ये था। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड चल भाई आराम से निकल जाए भाई जिसको तो मतलब पता नहीं ऑफलाइन था या फिर भाई ऑफलाइन नहीं था बेटा के गया था कि मम्मी ने बोला हुआ कोई बेटे कपड़े नहाने के धो दे नहा नहीं मैं भी धो लेता हूँ कभी तुम्हारे भाई नहीं मेरा छ किलो तो देखो कोई दिख हुए तो नहीं आ रहा तो कोई नहीं होते है बेटे जुलू नहीं गला यार तुम्हारे भाई से छह किल के साथ मार दिया यार चल भाई रेवाय दे दो दस दिन इंतजार करने के बाद पंदों ने रिवाइव दिया है और ऐसा रिवाइव दिया है कि देख रहे हो कुछ भी नहीं मिलता रहा यहाँ पर डबल के एन केला थोड़ी सी और थोड़ी गोली और थोड़े से एमओ के साथ क्या ही तबड़ा वाला है इसमें भाई गोल एम ओ नहीं है खत्म हो गई इतना ही था यहाँ पर एक काम करते हैं अपनी वाली पिस्टल उठा लेते हैं चलो ये वन जी तो और यहां से मैडी नाडू उठा लेते जब तक पीस का साथ ही आ जाए तो कैसे रूप पे डरा दिया इसने तो जब भावलो पतली दी दी जाए ये देखो भाई साहब इसमें ज्यादा देखा ही नहीं अपन को भी अपन यहां पर चलो ये भी खत्म कर दिया था और हमारे 17 बंदे आए हुए हैं बीबी चार हमें छोड़ ये पॉइंट मार रहा है मत मार मत मार रेड नो कर दिया उसे यार भाई जैसे भी वो गाइस वो है ना बोलते हैं उसे ऑफलाइन है ऑफलाइन है वो बंदा इतनी ना सोचा कर तो गाय यहाँ पर देख रहे हो मैडी भी थी कुछ तो ज्यादा मैडी फिर भी मान लेते मैडी है हमारे पास इतनी कमी भी नहीं है मैडी की तो पहले मैडी मारते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे की साइड पर ऊपर साइड चलते हैं जितने हमारे बंदे को वो बंदा भी मुझे लगता है वहीं पर होना चाहिए पर तो देखो वहाँ पर अभी भी उसका दौर पड़ा है वही है क्या नक्सो हो जाए रियल बता दे रहा हूँ मैडी बहुत कम ही है अगर चोर लम्बा पहुंच गया तो निकल नहीं पाएंगे तो गाइस यहाँ पर देखेंगे यही था यही और लूट के चलाइए ज्यादा आइटम नहीं है इसके पास गाइस चलो तो सामने गाइस ये देखो ये देखो आ रही साउंड आ रहा है आप लोगों को तवे का उसको नहीं लूँगा तवे का साउंड यहाँ पर देखते हैं चलो ये देखो ये जा रहा है सामने चुकाश है इसमें पागल खाने भी नहीं पहुँच पाया दिवालिया घोषित कर दिया तेरा भाई ने उसे तो भाई जल्दी निकल बेटे ने खोल किया भाई क्या है यार। बोलने की वजह से सामने ही साड़ी को बंदा और ये भाई क्या है ओपी वाला उसके साथ ओपी वाला कल बे पीछे से पीछे से तो कौन मार रहा है कौन है कौन है टावर में से मार रहा है यार टावर में से मैंने कुल खाती थी भाई मैडी नहीं है इसके बाद मैडी तो उठाने जाना पड़ेगा यार साउंड मत करो ना यार बैग चलो ठीक है गायब ये देखो यहाँ पर हमने डाल दिया एक गुलू गाय मैडी इसके पास इसके पास भी मैडी नहीं है बेटे चलो इसको ख़त्म करने चलते हैं आजा बेटे आजा जाओ घर पे है ये दो आ जा आ जा आज तो ये गाज बिगड़ मैडी कहीं मारूँगा और ऊपर कुछ भी नहीं है मर जा मर जा मर जा रखी प्रसाद चढ़ाऊंगा तेरे को है। तो हमारे हो चुके हैं बच्चा यार कोई बात नहीं ग्यारह के लिए सह लेंगे थोड़ा सा चलो ठीक है यहाँ पर मैडी मैडी पहले यहाँ पर अच्छी भी लूट कर लेते हैं और यहाँ पर मैडी मार के चलते है गाइस की जोन अभी हमारे साइड नहीं है किसी और की साइड लेते हुए शर्म तो नहीं आती यार भाई कोई बात नहीं ज्यादा नहीं अच्छा चलो चलो चलो चलो, चलो इसके पास देख लेते हैं इसमें क्या क्या इसके में तो ज्यादा नहीं है वैसे तो फिर भी चलो ऊपर से कोई भी मारेगा चलो अब चलते हैं निकलते हैं यार किसने मारा बेटे इतने जल्दी मारा भाई देख रहे हो हेल्थी बैठा दी भाई थोड़ी सी जो इसमें जोन ने खाई दी तूने सभी बैठा दी कौन है वहां पर उस साइड या मतलब भाई सात बंदे हम मतलब देख रहे हैं है। भाई ऊपर बैठे बैठे क्या कर रहा है आधे घंटे से देख रहा हूँ मैं तुझे ऊपर बैठे बैठे चलो तो भाई कम कहते जल्दी जल्दी सामने मारना नहीं मारना नहीं बोल रखा तेरे को नहीं मारने का भाई चौन तो है जल्दी जल्दी निकलना तो पड़ेगा हमारा बंदा भी खत्म हो गया यार मतलब देख रहे हो बात अभी भी ये भी है वैसे तो नौ चलो जल्दी चल जल्दी निकाल लेते हैं चल चल चल चल, चल भाई मारना नहीं कोई मैं नहीं मारना बोला था ना नहीं मारना चलो भाई डल दल चल गया तुम्हारे भाई की धड़कने स्टेज ये बंदे अपन पूरे दुनिया में नहीं छीने देंगे भाई सब ने कसम खा के रखी है कि भाई हम तो ये नहीं छीन देंगे तो कोई बात नहीं कहा हम थोड़ा सर्वाइव कर लेंगे हाँ मार दे मार दे मेरे भाई पूरा स्कोर लग रहा है मेरे को तो बस चार बंदे मतलब तीन बंदे एक तो नहीं मारना नहीं मारने भाई काफ़ी ज़्यादा ओपी वाला मैच रहा है ग्यारह बन गया साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बस चैनल को सब्सक्राइब करना बस भूलना मुझे नहीं पता आप करोगे नहीं लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए ठीक है बाय बाय और थैंक यू